हर वक्त अपने उठ कामों से चर्चा में रहने वाले अतरंगी नेता ने इस बार तो गजब ही कर दिया इस बार नेताजी ने जनता की नींद ही उड़ा दी। टिकट की टेंशन में नेताजी को खुद तो नींद आ नहीं रही सुबह चार बजे लोगों के घरों का दरवाजा खटखटाकर उनकी नींद खराब करके ये नेताजी कहना क्या चाह रहे देखिए ये तस्वीरें मंत्री जी आप भी गजब ढा रहे है मीडिया को सुबह चार बजे साथ लेकर लोगों की समस्या पूछने उनके दर पर जा रहे हैं आप वाकई में अजब मध्य प्रदेश के गजब मंत्री जी हैं हम जानते हैं चुनाव सर पर है आपकी घबराहट को भी हम समझते हैं एक तो आपको ये डर सता रहा है कि चुनाव जीतना इस बार टेढ़ी खीर होगा और उससे बड़ा डर यह कि टिकट भी मिलेगा या नहीं सब जानते हैं कि चिंता में नींद उड़ना स्वाभाविक है आपको भी कहां आ रही होगी नींद मगर बेचारी जनता ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप सुबह चार बजे उनका दरवाजा खटखटाकर उनकी नींद खराब कर रहे हो नेताजी ये जनता है अपना घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत करती है और थक कर चैन की नींद सोती है आपको कोई अधिकार नहीं बनता कि आप उनकी नींद खराब करें नेताजी आप जनता की समस्या दूर करने के लिए हैं बढ़ाने के लिए नहीं वैसे आपको बता दें कि भोपाल से तड़के सुबह चार बजे ग्वालियर पहुंचे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह ने लोगों को जगाकर सड़क बिजली और पानी का हाल पूछा इन नेताजी के नए नए किस्से सुनने को मिलते हैं नाले में उतरना खंभे पर चढ़ना इनकी हॉबी है मगर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह ने सुबह चार बजे लोगों के घर पहुंचकर और लोगों को जगाकर सड़क बिजली और पानी की सुविधाओं के बारे में पूछकर अपने किस्सों में एक किस्सा और नया जोड़ लिया है नेताजी अब आपके इस ऊट पटांग नए प्रयोग से आपके वोट कटेंगे या बढ़ेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा मैं, मैं तो मन्तुर्ण याये। मन्तुर्ण याये नहीं है आपके नमस्कार प्रभुवंत सिंह तोमर जी नमस्ते बोलो नमस्ते पान यानी आने यानी दीखे क्या नाम है तुम्हारा बढ़िया हो भैया और कैसे हो दादा जैसा पानी नहीं मिल रहा है और भी आपके बीच में खड़े हैं बताओ ठीक है अब मेन रोड भी ठीक बन रहा है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है